वेलकम व्यूर्स डॉक्टर मिश्रा अमित शाह शिवा है शिवा 31 इयर्स का है शिवा नेक और बैक पेन के साथ में आया है प्लस इसको कैल्किनाइटिस भी है कैल्किनाइटिस क्या होता है मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में शिवा का मैंने फोटो सस्पेंड किया है जिसमें लो ऑर्चिस हैं ओवर प्रोडेशन है और इंसूल देने पर इसका करेक्शन है अब शिवा आप पूछो कि आप क्या जानना चाहते हो हमने आपका किया था कि आपको समझ आया जो यहाँ मैं, मैं पे आया और एक जो नीचे का जो स्ल है तो उसके मतलब एक साइड में थोड़ी सी जख्म है और, और जब आपने कैसे ठीक होगा बट क्या आपको ये चीज़ पता चली की ये चीज़ क्यों हुई कैसे हुई नहीं पता चला अगर हम आपको ये चीज़ नहीं बताते टेस्ट नहीं करते तो आप क्या सोचते कैसे ठीक होता हम ये टेस्ट नहीं करते तो है और दूसरी चीज ये पूछना चाहूंगा आपने ये एक्सरे अपनी मर्जी से कराया था या दर्द रहता था ना अपनी से से नहीं नहीं, अच्छा तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था अच्छा मुझे ये बता दो की एक्सरे कराने से क्या होता है तो पता क्या, क्या पता चल जाता है है मैं भी हूं। है। है ना देखना चाहता मुझे नहीं जैसे लग जाती तो कहीं हो हो ऐसा कुछ बात रहा दिया तुमने से क्यों से सीखा कि कराने से इलाज हो जाता है नहीं वो तो भैया भी डॉक्टर ना मेरे इसमें जब एक्सरे कराया क्या समझ आया नहीं ना वे। मुझे कुछ पता पता ही, चला। तो कुछ ही चला। आपने फिर, फिर नहीं नहीं चला तो बताया क्यों करवाया दर्द हो रहा था ना मेरे लाइन यहाँ पे प्यूबिक yes. बोलते हैं इसको, ना? Gap, है।, yes, है ना? गैप, इधर देखो, प्रेशर, कैमरे में। आ, और इसको हम दर्द होने पे हम इसको बोलते हैं प्यूबिक symphyt, ठीक है अब तुम ये बताओ ग्रोइंग में कुछ ग्रोइंग ये बीच का एरिया होता है मेरे ये तो पता नहीं मतलब यहाँ पे भी दर्द है इस जगह पे सामने की तरफ पे दर्द नहीं है, है, लेफ्ट, लेफ्ट है न और सारी जो उसकी प्रॉब्लम है उस सबकी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो तेरे पाव है अच्छा तेरी कमर में भी दर्द इसी की वजह से पाव की वजह से ये आ रहा है चला नहीं नहीं। उसी की वजह से सर आ रहा है और तो राइट पर पे प्रेशर ज्यादा डाल रहा है कंपेयर तो लेफ्ट भी है हाँ। ना हाँ। मुझे तो नहीं पता मैं तो देख रहा हूँ हाँ। <laughs> <laughs> अब आप समझ रहे हो कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ वरना मेरा काम दो मिनट का होता है ना कि मैं लिख के आपका ट्रीटमेंट भेजूँ और अगर आप समझोगे नहीं तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा आप हर्ते आप मुझे मुझे के थे थे के पास चले जाओगे ये, ये ये देखो एक्स्ट्रा रहोग हड्डी बढ़ दोनों में ठीक है अब ये क्यों हुआ है तुम कितने नंगे पाँव चलते थे ये बताओ मुझे स्पोर्ट शूज ही पहनते हो कितनी वॉक करते हो तो हूं। दिया लिए लिखते का और इसको बना के आपको दिया जाएगा जूते में डालना होता है ठीक है ये आपको बनवानी ही पड़ेगी अगर आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट चाहिए ना तो ये वाला में डालने तो मेरे छोटा बड़ा तो मिल जाएगा जूता नहीं नहीं हो जाएगा